भारती को वंदन आप सभी को अभिनंदन करते हुए मेष राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 क्या कहता है जी हां देखिए करियर के बहुत मायने होते हैं यदि आप कुछ करेंगे नहीं काम धाम नहीं करेंगे नौकरी नहीं करेंगे बिजनेस नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा तो सबसे ज़्यादा यदि आज के जीवन में किसी चीज़ की जरूरत है तो वो है नौकरी की व्यवसाय की तो करियर राशिफल मेष राशि के जातकों का क्या कुछ कहता है ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा साल दो में मे राशि के जातकों के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है किस किस क्षेत्र में वो ट्राई करें तो उनका लक उनका भाग्य उनको जो है सपोर्ट करें साथ ही साथ Uh, यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं और मेष राशि के हैं स्पेशली आप मेष राशि के हैं तो आ, जो है आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताएंगे कि 2020 में निश्चित ही आपकी नौकरी मिलेगी तो अंत तक दर्शकों इस वीडियो को देखते रहिएगा स्किप मत करिएगा नहीं तो जो है अगर एक भी चीज़ आपकी छूट जाएगी तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी तो अंत तक की ये वीडियो देखिए साथ ही साथ जो हमारे मेष राशि की जा वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से अपील है कि एक बार जय श्री राम का आप लोग उद्घोष कर दीजिए और वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पढ़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार भी राशिफल पढ़ चुका है मूलांक के अनुसार पढ़ा हुआ है इसके अलावा दर्शकों दैनिक राशिफल हम डेली अपने चैनल पर लाइव होते हैं और हमारा डेली राशिफल आप लोगों तक आता है और ये राशिफल आप लोगों तक पहुंचे आप लोग अपनी कुंडली हमको दिखाएं तो इसके लिए जरूरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए तो अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 क्या कहता है तो देखिए मेष राशि वालों के लिए कैरियर राशिफल दो के अनुसार ये जो साल रहेगा ये उन्नति के संकेत दे रहा है बिल्कुल आप लोगों को उन्नति होगी मेष राशि के जातकों को नए साल में नौकरी में तरक्की पाने के कई अवसर प्राप्त होंगे यदि आप नौकरी में है तो आपको प्रमोशन से अच्छे मिलेंगे साल के प्रारंभिक महीनों में ही आपको इसकी झलक भी मिल जाएगी सीनियर्स के के साथ आपके रिश्ते होंगे लेकिन किसी बात को लेकर आपको उनके ऊपर अत्यधिक क्रोध भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों आप लोगों से अपील है कि आप लोग उनसे ना उलझे तो बेहतर रहेगा यदि साल आप लोग जमीन से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी आदि से संबंधित व्यापार कर, करते हैं कंस्ट्रक्शन इत्यादि करते हैं तो इस वर्ष आपको उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी इसके दो रीजन हैं पहला तो आपकी राशि से जो कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं जिन्हें स्वयं कर्म फल का दाता कहा जाता है जिन्हें न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है जिन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है वो चौबीस जनवरी को ही कर्म भाव में संचरण करने जा रहे हैं धनु राशि से अपनी स्व में आ रहे हैं तो शनि जहाँ वर्ष की शुरुआत में भाग्य स्थान में आपके भाग्य स्थान के बाद कर्म स्थान में आ रहा है और स्टार्टिंग में ही मतलब एक से चौबीस जनवरी के बीच में पंचग्रही योग बना रहा है तो वहीं वर्ष के शुरुआती दिनों में ही अपनी राशि परिवर्तन कर आपके करियर के स्थान में भी आ रहे हैं तो ये दोनों चीज आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कराने के लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही शुभ संकेत हैं अपने आप को मेष राशि के जातक भरपूर अवसर लेकर के इनको मिलेगा साबित करने का कुल मिलाकर के यदि आपने मेहनत की मतलब आपने यदि मेहनत की क्योंकि शनि है तो शनि बिना मेहनत किए आपको देंगे नहीं तो यदि आप मेहनत करते हैं तो 2020 करियर के मामलों में उपलब्धियों वाला वर्ष साबित हो सकता है जो जातक स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा बसरते वो लोग इंडिविजुअल करें किसी के साथ पार्टनरशिप में काम ना करें वर्ष की शुरुआत में 24 जनवरी से शनि के कर्म भाव में आने पर आपको काफी अच्छे अवसर मिलेंगे इस समय आप स्वयं को साबित कर सकते हैं अपनी क्षमताओं का अपनी स्किल का भरपूर प्रयोग कर ये मेष राशि के जातक इस बेहतर समय व अवसरों का लाभ आराम से उठा सकते हैं जो जातक अपने बिजनेस में विस्तार के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय सही रहने वाला है मैनेजमेंट से रिलेटेड इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड हैं जो लोग सरकारी क्षेत्र में ट्राई करना चाहते हैं जो लोग बहुत बड़े जज बनना चाहते हैं वकील बनना चाहते हैं उनके लिए साल 2020 मेष राशि के मायनों में कई मायनों में बहुत अच्छी जो है मतलब शुभ संकेत लेके आए दर्शकों देखिए वास्तविक स्थिति आपकी कुंडली में क्या है ये हम नहीं जानते हैं तो बेहतर रहेगा ये जो राशिफल ये तो मेष राशि की मतलब जो है करोड़ों लोगों का राशिफल हो जाएगा लेकिन आपके कुंडली में वास्तविक स्थिति क्या है वास्तविक अवलोकन क्या चल रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है तो आप लोगों से अपील है यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले करके विश्लेषण करवा सकते हैं और यदि आप आर्थिक रूप से अक्षम हैं तो रात्रि 10 से 11 बजे तक का हमारा दैनिक राशिफल आता है उसमें आप लोग एक प्रश्न का उत्तर हमसे मुफ्त में जान सकते हैं उसके लिए कोई शुल्क नहीं देनी होगी लेकिन विस्तृत यदि आपको चर्चा करनी है हमारे साथ तो आप लोग प्रॉपर चैनल से आइए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे देखिए आप लोग हमारे चैनल पर भविष्यवाणी जा करके देख सकते हैं जो भी प्रिडिक्शन करते हैं लगभग 99.99 नाइन परसेंट भविष्यवाड़ी का रेट है आप लोग जा करके भविष्यवाणी नाम से एक फोल्डर बना हुआ है वो देख सकते हैं जो भी लोग सक्सेज होते हैं हमारे भागीरथ श्रृंखला में जुड़ते हैं हमारी चैनल की प्ले में आप लोग जा के देख सकते हैं तो मेष राशि के जातकों दो भरपूर अवसर लेकर के आया है जो जातक बिजनेस में विस्तार के इच्छुक हैं उनके लिए काफी अनुकूल समय रहने वाला है मार्च के अंतिम समय में जुपिटर भी शनि के साथ कर्म भाव में आ जाएंगे या आपके लिए नीच भंग राजयोग भी कर्म भाव में बना रहे देखिए कर्क राशि में जुपिटर उच्च के होते हैं मकर में नीच के होते हैं लेकिन यहाँ पर शनि ऑलरेडी विराजमान है तो एक राजयोग का निर्माण होता है नीचभंग राजयोग तो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मार्च के अंतिम जो है महीनों में आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी यदि आप ऑलरेडी कोई डस्टेड अफसर है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज इत्यादि मिल जाएगा मनपसंद जगह आपका स्थान परिवर्तन का भी योग मिल रहा जो है दिखाई पड़ रहा है पिछले समय में की गई मेहनत का फल आपको अब जाकर के मिलेगा मतलब जो आपने जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च तक की जो मेहनत की थी तो अब प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो चुका है मेष राशि के जात अब आम खाने की बारी है मतलब आपने जो है पौधा लगा दिया उसको सिंचित किया उसमें खाद डाले उसमें जो है आपने जो है पानी डाला और काफ़ी उसकी रखवाली की तो मार्च के इंड से आपको इसमें जो है अच्छे संकेत मिल रहे हैं किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से मल्टी कंपनी से आपको जॉब का ऑफर आएगा व्यवसाय जातकों के लिए भी अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के मौके ही मौके मिलेंगे मतलब मेष राशि के जातकों अच्छे दिन शुरू हो गए मई में शनि और गुरु के वक्री होने व जून में गुरु के वक्री अवस्था में वापस भाग्य स्थान में चले आने पर आपको करियर में थोड़े से मिले जुले परिणाम ही देखने को मिल सकते हैं सितंबर तक उतार चढ़ाव ये बना रहेगा सितंबर में गुरु व शनि के मार्गी होने के पश्चात आपके फिर से हालात बदलेंगे नवंबर में गुरु के पुनः शनि के साथ कर्म भाव में आने पर फिर से वही नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा फिर से आपके सफलता के द्वार खुलेंगे और फिर से आपको जो है कोई बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपके कार्यों में तेजी इस समय देखने को मिलेगी आपके रुके हुए प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े बड़े जो है बिल्डर हैं या मल्टी कंपनी में उनके कोई प्रोजेक्ट यदि रुके हैं तो इस समय पूरे हो सकते हैं कुल मिला के यदि हम एक शब्द में अपने जो है बातों को समाज जो है मतलब समाप्ति की ओर ले जाएं, तो 2020 में मेष राशि के जातकों के लिए कहा जा सकता है कि ये वर्ष आपको करियर के शिखर पर ले जा सकता है बशर्ते आप मेहनत करने से कतराएं नहीं बशर्ते आप जो हम उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें तो दर्शकों मेष राशि के जातकों अब आते हैं हम उपाय पर उपाय आपको क्या करना रहेगा देखिए उपाय बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है जिस प्रकार आ, लोग कहेंगे उपाय क्या करना जो हमारे भाग्य में हो तो हमको मिलेगा ही जैसे तो आप... जब आपको बीमारी आ जाती बुखार आ जाता है तो आप क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं या आंखों में कोई तकलीफ आ गई तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं दाँतों में तकलीफ आ गई तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसी प्रकार जब आपको लगे कि भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे भाग्य में जो है कहीं ना कहीं रुकावट आ रही तो आप लोग एक अच्छे ज्योतिषी के पास जरूर जाइए यहाँ हम कोई अपना प्रचार करने के लिए नहीं बैठे हैं इच्छा होगी आप आएंगे हम भी आपका जो है आपकी कुंडली देखेंगे नहीं इच्छा होगी आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइएगा लेकिन जाइएगा जरूर और एक चीज़ बता दें दर्शकों ज्योतिष विद्या बुरी नहीं होती है ज्योतिषी बुरा होता है ज्योतिषी झूठ बोलते हैं ज्योतिषी आप लोगों को ठगते हैं आप लोगों को जरूरत है जज करने की कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है तो दर्शकों उपाय क्या करना है अब आप लोग नोट कर लीजिए और प्लीज़ ये उपाय आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि ये जो उपाय है ना ये बहुत ही आ, मतलब मेहनत करके दिमाग लगा करके बनाते हैं और पर्सनली जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो वो उपाय बदल जाएंगे आपका पंचम जो है स्थान क्या कर रहा है छठा स्थान क्या कर रहा है टेंथ हाउस के जो है हिसाब से क्या उपाय होंगे नाइन्थ हाउस के हिसाब से सब डिविजनल चार्ट में उसके क्या जो है प्लानिट के इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उपाय वहाँ पर बदल जाएंगे, लेकिन वो आपके पर्सनल कुंडली देखने पर ही पता चलेगा तो उपाय नंबर एक आपको करना क्या रहेगा देखिए सुबह आपको जल्दी उठना है और यदि आप सरकारी क्षेत्र की जो है तैयारी कर रहे प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं पर है, तो आपको सबसे पहले तो सूर्य देव को जल में गुड़ थोड़ा सा मसूर की दाल ले लीजिएगा और कुमकुम -कुम डाल लीजिएगा और कुमकुम -कुम डालने के बाद इसको मिक्सचर कर लीजिएगा तांबे के लोटे में नहीं लेना फूल का या स्टील का कोई लोटा हो उसमें आप ले लीजिएगा और ध्यान ये रहेगा कि वो जल धरती पर नहीं गिरना चाहिए आप किसी पौधे में गिरा सकते हैं मतलब ड्रेनेज सिस्टम में हमारे कहने का मतलब है नहीं जाना चाहिए भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करिए अपने सूर्य को स्ट्रांग करिए देखिएगा कि आपको कितनी अच्छी सफलता जल्द से जल्द मिलेगी दूसरा संडे वाले दिन आपको सनराइज से सनसेट के बीच में किसी भी प्रकार के नमक का चाहे वो ब्लैक सॉल्ट हो व्हाइट सॉल्ट हो रॉक सॉल्ट हो आपके ब्लड में मतलब शरीर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्यास्त के बाद आप लोग जो है जो मर्जी हो खा सकते हैं तीसरा एक प्रयोग हम बताने जा रहे हैं हर रविवार को और मंगलवार को हनुमान जी को एक मीठा पान आपको चढ़ाना रहेगा ये तीन उपाय यदि आप कर लेते हैं दर्शकों तो आप यकीन मानिए एक बार तो हमसे मिलने जरूर आएंगे ही आएंगे इन उपायों से आपको लाभ होगा ही होगा तो दर्शकों कैसा लगा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्योतिष का बहुत ही क्रांतिकारी चैनल है बगल में बना बेल आइकन दबाइए और जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए तो दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम Your eyes.